तो तो करेंगे, करेंगे, तो तो और जो आज का वचन है, वो तो फायर से भरा हो, हो, हो। जीवन परिवर्तन और और तो रात में फिर पास आता तेरी पर पर और और और आज का का वचन तो देने वाला, और कर। जो करता है, उसने दिया है, और उसका नाम है उसने दिया नाम यीशु मसीह इमानुअल परमेश्वर हमारे बीच में परमेश्वर और वो करता परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए आपके पापों के लिए मेरे पापों के लिए होने और आप, और आपके आपके जीवन में, में जन्म चाहता है है क्योंकि शरीर आत्मा का मंदिर जिस मंदिर है यीशु इस नाम का अर्थ है उद्धार करता पापा सुनो नारा, पापा पासुन, ना पासुन मुक्ति करकारा आशीर्वाद देना आज तो हृदया में जन्म घर जन्म जन्म क्या आपके में उसने दिया है क्या क्या आपसे प्यार करता है क्या क्या आपका उद्धार हुआ है क्या आपके करके स्वीकार किया है क्या? स्वीकार किया है तो और जिसने स्वीकार नहीं हाथ में सरेंडर करें परमेश्वर की मेहमत करें परमेश्वर की स्तुति करे, अपना जीवन परमेश्वर को दे क्योंकि जीवन देने वाला भी परमेश्वर है ऐसे खरीदी हुई मेरी है हल भैया परमेश्वर ने चुनी हुई है और धरती में भी का नाम परमेश्वर चाहता है और तो स्वीकार करके बुलाया है। Alleluia! Alleluia! Alleluia! और हरेक के जीवन के विषय में परमेश्वर का एक योजना है और वो आपसे प्यार करता है तो एक तो प्रकाश पर हो प्रकाश मेरे पास आया और सच में उद्धार करता यीशु मसीह आज तुम्हारे पास आया है और जो भी उसको स्वीकार करेगा अपना करता करके, अपना करके, अपना करके करके करके स्वामी परमेश्वर मैं बता देना चाहता हूँ और उसके घर में भी शांति होगी उसके जीवन में शांति होगी उसके भगन में शांति होगी उसके हर एक जहां पर भी वो कदम वहां पर शांति होगी क्योंकि हमको के के लिए लिए हमारे पापों पापों को को से दूर करने हटाने के, के लिए एक ही चलना है वो वोशु है मशीन और उसका हमको स्वीकार करना है उसको हमको धन्यवाद देना है जिसने आसमान और धरती बनाया क्या वो आपके बीच में रहेगा नहीं का रहेगा आपसे बहुत प्यार करता है उसकी इच्छा है कि आप प्रोग्रेस हो जाए टाउन लेवल में ये देना चाहता है।, तो तुम है तुमको शाम से निकालना चाहता है तुमको आशीष और बर्तवत देना चाहता है दे दे दे दे तुम्हारा उद्धार करना चाहता है तुम्हें नया जीवन देना चाहता है तुम्हें नई ताकत देना चाहता है तुम्हें नई रोशनी देना चाहता है नया मार देना चाहता है क्योंकि करता है और उसकी इच्छा यही है कि वो तुम्हारे दिल में राज्य बन गए और जिसकी भी इच्छा है वो उसका स्वीकार करे वो उसको अपना ता... उदार करता मान दे और उसका जीवन सुखी हो जाएगा उसका आशीष में जीवन हो जाएगा परमेश्वर की शक्ति परमेश्वर तुम्हारे हृदय में है। और तुम्हारे ने आता है भले किसी ने किसी के हाथों से नहीं देखा वो अंत बताता है उनका जीवन बताता है की आप भी परमेश्वर का जीवित और सच्चा मंदिर हो और आपके लिए और जब तो रहा उसके बड़े बड़े काम किए मुर्दों को जिलाया लगरों को चलाया अंदों को आके दी और आज भी वो यीशु एक ऐसा है वो आपको आज भी आशीर्ष सकता है क्या आप उस आशीष को लेने के तैयार हो? उस परमेश्वर का स्वीकार करने के तैयार हो का स्वीकार करने के तैयार हो तो पवित्र का होली आपके उतरे और परमेश्वर का सामर् आपको उतरे परमेश्वर की महिला आपके जीवन से हो आप बदल जाएंगे आप बदल जाएंगे आ रही क्योंकि यशु मसीह ने कहा नहीं पड़ा ताकि आप सिंबत हो जाए आप धनबाद हो जाए आप आपके शाप के लिए मैं सिंह ताकि आप आशीष हो जाए यीशु मसीह का उद्धार यीशु मसीह का नाम का करते है पाप से छुड़ाने वाला पाप से छुड़ाने वाला पाप से वाला, इस दुनिया में आपको कई डॉक्टर मिलेंगे कई इंजीनियर मिलेंगे कई लीडर मिलेंगे कई धनवान मिलेंगे पर यशु की जैसा कोई लेशु कोई नहीं टाटा बिल्ला कितना भी बड़ा उसके पास पैसा हो पर यशु यशु जब आपको चुनेगा तो आप भी ताटा बिल्ला से भी बड़ा बनाएगा आप आत्मा हो तो आपको मेरी बात समझ में आएगी आप शरीर में हो तो आदरिया आदरिया परमेश्वर को एक ही आदमी चाहिए परिवर्तन करने आ आ के लिए आदरिया वो टीका देता है एक ही आदमी को खुदा करके बहुत पुश कर सकता हूं आनंद से दबे मैं तुम्हें विश्राम शांति आनंद और आशीष दूंगा मत ग्यारह अट्ठाईस परमेश्वर ने कहा कि हम तो अगर दोस्त से डबे हुए हैं तो हमको तो ये के पास आना है हमको ये का स्वीकार करना है और जन्मदिन तो रोज है जो बसी है जो सच्चा बसी है जो प्रार्थना करता है जो पवित्र से रोज बनता है जो अपने धन्यवाद करता है अपने प्रार्थना में जीवन को बनाया है पवित्र जीवन को बढ़ाया है उपास जीवन को बढ़ाया है उसकी रोज क्रिशमस है आप रोज क्रिसमस वाले हो आपके जीवन में रोज परमिशन कर देता है रोज नया होता है और आपको ताकत देता है हम नाम नहीं है कि आज नाचे के झुंडो नाची से आ, जो टाइगर हुआ हम रघ नाचते हैं और, है, और परमेश्वर के दर से रोज अगर कोई तरह सामने से और नया और नया रोज उनको बन बदलता है ये हुआ यीशु जिसने स्वर्ग को तो छोड़ा स्वर्ग की, की सब बातों को त्याग दिया और मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आया तुम्हारे और मेरे जैसा और उसको लगी, उसको प्यास लगी लगी प्यास उसने खाना खाया वो रोया ऐसा बाइबल पैटा है यहां का पैतीस में मिलता कि यीशु रोया रोया तुम्हारी जैसा और वो सौ इंसान था और पाप हो गई उसका जन्म तुम्हारे और मेरे जैसा नहीं हुआ तुम्हारा जन्म और मेरा जन्म एक शारीरिक संबंध से हुआ जो माता पिता तो के संबंध से हुआ पर मेरे परमेश्वर का जन्म पवित्र आत्मा के मिल द्वारा हुआ ऊपर परमेश्वर का हाथ और वो यीशु मसीह आठ यशु मस्जिद परमेश्वर का उद्धार करता यशु मसीद पैदा हुआ अगर वो खाने खाता दो मरिया के पेट में रहता और उसका जो इंसान का डी है हमारा उद्धार नहीं कर सकता जो इंसान का लवो है वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता वो यीशु का ही लफ्ज है जो हमारा उद्धार कर सकता है जो हमें ताकत और बरत दे सकता है जो हमें छुड़ा सकता है और वो, वो सब परमेश्वर को मालूम था वो मरियम के पेट में था जब मरियम खाती थी तो उसके पेट में जाता था, था जब वो खा रहा तो मरिया ने दूध नहीं पिलाया बघियों का दूध पिया ताकि तुम्हारा और मेरा उद्धार हो सके और तुम्हारे और मेरे लिए पवित्र लोग सके इंसान के लोगों की वो ताकत नहीं जो तुमको मुझे छुटकारा दे सके वो तो ऐसी के लोगों में ताकत है जो तुम्हारे और मेरे लिए छुटका दे सके और उससे वो सब कुछ मनुष्य के जैसा हुआ पर मनुष्य का कुछ उसमें राजाओं का राजा क्या आज आप उस परमेश्वर क्या? क्या क्या? क्या की महिला करने के लिए उसका बेटा और बेटी होने के लिए आपको चार बातें करना पड़ेगा मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा क्योंकि बहुत सारा समय मेरे पास है पहली बात है में जो को पसंद नहीं है वो पाप पाप जो कई प्रकार का है उस पाप को तो इंसान छोड़ नहीं सकता। पर हाँ, यीशु यीशु के तो के द्वारा, ही हमें उस पाप से निकाल सकता है मानविया क्या आप पाप छोड़ने के तैयार हो यीशु मसीह का स्वीकार करने के तैयार हो और जिसने भी स्वीकार किया जिसने भी पाप छोड़ा उसको येशु ने बचना चाहिए, तो आपको से पड़ेगा, कोई भी पड़ेगा, आपका पाप उपास में रहना पड़ेगा लोगों के लिए भूलना पड़ेगा लोगों की निंदा सहन करनी पड़ेगी क्योंकि ये स्वर्णता राजा होकर भी ये सब कुछ सहन किया तुम्हारे लिए अगर तुम उसके अवराध हो तो यह सब कुछ सहन क्या बाधरिया क्या आप यशु की अवैध हो आज नहीं आ रहे है मास्टर क्या ये की संतान हो आप से तो बात करो छोटा सा पता हूं तीन लेकर आपके घर पे है ना तो आप जो पैसा आपको निकाल दिया बनकर आया था तो अब राजा बनकर आएगा और राजा बनकर आएगा बनकर आएगा, तो गली है क्या हम तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए क्या हम तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए क्या हम तैयार हैं उसके साथ न्याय आपसे भाटे कौन कर हमसे कपड़े कौन धो आप बैंक बैलेंस कौन संभाल आपके शारीरिक हस्ते नहीं बोल पाई नहीं भाई ये शूय कुछ नहीं देखता ये जो आपका दिल देखता है और उस दिल में वो आना चाहता है इसीलिए इस पर सोच छोड़ा वो तो आपके दिल पे तो आ सके क्या लिखा है यहाँ पे तुम्हारा घर तार जंगल का है तो, ना ना, तो तो, ये करता है। तो क्या परमेश्वर का वचन कहता है दर्द भी है और जो पाप करते हो कहा जाएंगे और जो नहीं करते वो कहा जाएंगे नहीं नहीं भैया जो पाप करते हैं वो भी दर्द पे जाएंगे नहीं करते हो भी दर्द पे जाएंगे तो येशु का स्वीकार करते हैं येशु को अपना उद्धार देता परमेश्वर देखते स्वीकार छुड़ाएगा, फिर भी वो सोल जाएगा, इंसान गिरेगा, फिर खड़ा होगा परमेश्वर जिंदा है और आज आपके लिए खुशी की बात है कि येशु मसीह वो नाम है कोई नाम पे दूसरे नाम पे बन गई कोई साबित नहीं कोई ताकत नहीं कोई नाम है जो हमको तो जीता कर सकता है कोई नाम है जैसा, जैसा, कलर गोरे पत्ते ऐसा, सही जंगल पर करना नहीं पर जीवन परिवर्तन करना तो बाजू तो जीवन परिवर्तन करना है तो तुम्हारे जन्म ल तो जीवत तो आज तो, है, तो जीवत है, आत्मा, आत्मा, आत्मा, पवित्र तो रोज शिक रोज तुम्हारा पवित्र आत्म सामर्थ्या पवित्र राह शिको तशूच जा दो चीचा है की तो आज तरह जीवन जल्दा चाहिए कभी आपके हाथ लिया आपकी चीचा है की आपके जीवन में आनी चाहिए आपको मेरा व्यक्ति जब हो गया मैं सेवक हूँ मैं सब कुछ दो भी कवित्रा आत्मा दे रहा है कभी आत्मा का बसा कभी और हैं हैं सच्चाई सच्चाई के तो आपका धन्यवाद करते हैं वो आपका शुक्रिया करते हैं हम आपका स्वीकार करते हैं यशो चाहे पवित्र आत्मा से भर पवित्र आत्मा की गिप्त से भर हमारे जीवन को मेरे बहुत के लिए इस्तेमाल कर हम यहाँ ऐसी अपन उतरे सामने थपरे ताकत अपन उतरे थपन उतरे और हम दूसरों को जाकर उत्तह करता परमेश्वर ऋषि के बारे में बताएं ऐसा तो हमारा जीवन कर हमें पूरी तो जीने के लिए सहायता हमारे शाप से हमारे रोग ऐसी हमारी बीमारी ऐसी हमारे परेशानी ऐसी हमारे तकलीफ ऐसी हर एक चीज ऐसी यशोड़ स्वीकार स्वीकार करते करते यीशु। हम हम हम तेरा तेरे पिता। जैसे आप कर करने वाली आदत छूट जाए हमारी छोटी करने वाली आदत छूट जाए हमारी बुराई करने वाली आदत छूट जाए हम दूसरों को दुख से लेते हैं और आदत छूट जाए हम तेरा स्वीकार करते हैं पवित्र तो आत्मा है। आ, हमें भर। आ, हमें भर। के को देख सके सिपा और प्रत कर ऐसी ताकत हमें ऐसी दे तो तेरा धन्यवाद करते हैं आगे का संपूर्ण समय तेरे हाथ में रहते पिता हम परेशी के नाम से आमीन